हेलो एंड हैप्पी संडे लाइफ इज गोइंग अवे फ्रॉम द लॉकिंग पीरियड एंड द लॉकडाउन हैज अ लॉट टू से व्हेन यू सी पीपल ऑन द रोड बड़े उतावले हैं और पता नहीं कहीं तो भी भागे जा रहे हैं दिशा मालूम नहीं है लेकिन इस संडे एक राउंड मैंने अपने फैमिली का चारों तरफ लिया और देखा ये हर एक होटल में वेटिंग था हर एक होटल में एक बंदा उन्हें नंबर दे रहा था एक पहले पार्किंग के लिए जा रहा था और एक उन्हें अंदर पहुंचाने के लिए दिशा दे रहा था दिशा जी हाँ दोस्तों ये आई थिंक इट इज इट इज नाउ गुड फॉर ऑल ऑफ अस एज कॉन्शियस बींग टू टेक अ कॉल एज टू वॉट वी डू हाउ डू वी स्पेंड अ टाइम एंड इज इट अ फ्रूटफुल थिंग दैट वी आर डूइंग हाउ डू यू स्पेंड अ टाइम इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये चौबीस घंटे में हम एक्चुअली क्या करते हैं ये इस विषय में आज ये मेरा स्पेशल संडे एपिसोड है डेली लाइफ इज बिकम कॉम्प्लेक्स यू नाउ वट इज वी कैन सी वी क्रिएटेड एट सो कॉम्प्लेक्स बाई क्रॉसिंग social human being, we have now सोशल to e-social people and why i say so because i strongly believe that out of 24 hours daily whether it is male or female who's working spend time as an average my findings i i thought let me share with you for travelling in, in case if you are in a smaller city two tier or three tier maybe it may not take time but definitely a city like pune or mumbai or uh, kolkata for that matter bengaluru hyderabad This are you know distant far cities where you travel, commute from one place to another. If you're working from home, then you may not be. But now, since most of the offices will resume and what they have in the past, I think average for travelling two to three hours lage ta hai agar aap ek aache shair mein. Yani eight percent se bara percent tak aapka samay ammuman chhawis ghante mein travelling mein jaata hai. For sleeping six to eight hours, which is roughly 25 फाइव टू थर्टी सोने में आपका 24 घंटे में अगर मैं 100 प्रतिशत पकड़ूँ तो 25 से 33 प्रतिशत आपके सोने में जाता है अगर आप नहा रहे हैं आप स्वच्छ हो रहे हैं स्नान के लिए जा रहे हैं टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं फ्रेश हो रहे हैं ये सब चीज़ के लिए आपको अमूमन एक से दो घंटा जाता है और आपको ये बात बता दूँ कि आप सबसे ज़्यादा पानी भी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अब हाथों को साफ़ करने में भी जा रहा है तो अमूमन चार से आठ परसेंट का जो आपका वक्त होता है वो जाता है आपके ये तमाम चीज़ के लिए जहां आप अपनी साफ़ सफाई करते हैं या फिर टॉयलेट के रूप में जा रहे हैं आप स्नान कर रहे हैं या फिर आप फ्रेशन अप हो रहे हैं फॉर ईटिंग विच इंक्लूड्स एवरी लंच डिनर ब्रेकफास्ट अमूमन वन टू टू आवर्स रफली टू आवर्स So it is. It accounts to five to eight percent of your total twenty-four hours for working. Job करने जाते हैं आप काम करने जाते हैं आप self-employed हैं आप जॉब कर रहे हैं कहीं तो भी आपका आठ से दस घंटा वहाँ जाता है। यानी thirty-three percent to forty percent of the total it takes your work takes for mobile, laptop, gadget, and on social website it takes average three to four hours. My God! So, ten to fifteen percent of your total time is devoted doing your mobile, laptop, gadget, social media, every platform that you go. Right? For remaining time for family, you are left with only one to two hours. So, if your family time is roughly four to eight percent. So now you know that where your time is devoted, and it is based on a largest study which shows that a male and a female who steps out and do the entire thing. अगर वो काम पे जा रहे हैं यदि वो ट्रैवल कर रहे हैं यदि वो सेल्फ uh, एम्प्लॉयड है वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं एक दिन में 24 घंटे में तो उनका समय यहाँ जाता है वेरी फ्यू ऑफ यू माइंड बी डूइंग अ योगा और मेडिटेशन और अ जिम दैट टाइम एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर मोबाइल यूजिंग सो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप Uh, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे वो जो करते हैं लोग वो जिम है योगा है मेडिटेशन है मगर वो बहुत कम लोग हैं स्पेंडिंग अननेसेसरी टाइम ऑन मोबाइल इज मिक्स्ड विद योर ड्यूटी आर्स सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू योर जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय मे बी स्पेशली इन इंडियन सिनारी आई वु सेट दे आर गिविंग टाइम फॉर सोशल मीडिया एंड वर्किंग आर ऑल्सो विच इज़ नॉट गुड नाउ कंसिडरिंग इट नॉट एज अ डेली बट इन अ होल लाइफ how much a job working professional spend his time in a whole day and tense to whole life definitely now we must understand where to focus in our daily life and to remove that trouble shooting uh, now so that we are ready to face not the consequences when we turn 50 so this is actually a eye opener startling revolution ek choka dene wali khabar agar ek आम अमेरिकन स्टूडेंट के बारे में कहूँ तो एक छोटा सा चार्ट है जो मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसमें चौंका देने वाली बात यह है कि जितना समय वो बच्चा वहाँ का पढ़ाई करता है उतना ही समय उसे खेल कूद को मिल जाता है मिल कोई खेल कूद करने में मिल जाता है तो ये चार्ट को आप देखिएगा और उससे कंपेयर कीजिएगा एक इंडियन सिनारियों में कि समय कैसे और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ बोल के कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा अपना समय बताते हैं लेकिन जो हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ एक हिंदुस्तानी के नाते कह रहा हूँ ये हम करते क्या है और ऐसा क्या है जो हम मैक्सिमम uh, करते हैं जिसमें समय बिताते हैं वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन फाइंडिंग अदर्स मिस्टेक्स इज इन दिट सच दूसरों की गलती तेरा अच्छा नहीं था तू अच्छा कर सकता था गंदा था अच्छा नहीं बोला सब दूसरों का चांद में दाग देखने की आदत है इसीलिए सब अंधेरा ही नजर आएगा है ना एंड ट्राइंग टू करेक्ट देम दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ एट जो बुरा देखो अगर पूछे तो बोलो मगर उसे करेक्ट करने की कोशिश करो जैसे कि आप गुरु है तो हर गुरु हर व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है हर व्यक्ति जो मिलने की इच्छा रख रहा है वो गुरु है बॉस एंड ट्राई एंड करेक्ट देम मेक देम अ परफेक्ट पर्सन वाई किसके लिए कोई भी परफेक्ट नहीं है और न ही किसी को होना चाहिए आम तौर पे अगर आप नहीं हैं तो दूसरे से क्यों उम्मीद कर रहे हैं और दूसरे को बना क्यों रहे बाबा फिर कौन बना क्या रहे आखिर बना रहे तो बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सो इन दिस कोर्स ऑफ एक्शन वी ऑलवेज फेल टू क्लीन आवर ओन हैंड्स दैट इज द प्रॉब्लम बिफोर पॉइंटिंग इट टू दी अदर्स सो राधा स्पेंडिंग टाइम ऑन अदर्स आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट टाइम ऑन आर सेल्फ अपना पूरा कंपटीशन दुनिया से नहीं है बॉस अपना कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं है अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है कि कल अगर हम अच्छे थे तो क्या आज बेहतर है और कल जो आने वाला है वो और बेहतर आगे बढ़ा रहे कि नहीं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वी आल्सो थिंक थिंक लॉट राइट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिग्रेट अबाउट आवर पास्ट वरी अबाउट आवर फ्यूचर डू नॉट माइंड द ब्यूटिफुल प्रेजेंट विच इज ऑल्सो नोम इज गिफ्ट गिवन माई गॉड सो वी फर्गेट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और होना ये चाहिए कि अभी जो है जैसे अब मैं आपसे संबोधित कर रहा हूं मुस्करा रहा हूँ अभी का जो वक्त है इससे तो चैन से जीरो ना वन मोर थिंग दैट वी डू अलॉट एज इन्वेस्ट ऑन आर क्लोथ फॉर पास ऑलमोस्ट लाइक डिकेट और मे बी अ कपल ऑफ टिकेट दैट वी डू नॉट नीड एज मच एज वी थिंक वी हैव बॉट क्लोथ फॉर आर सेल्फ द एवरेज पर्सन पोजस्ट इनक्रीज The, the buying, the purchase of clothes and garments exponentially than uh, in comparison to maybe two decades back, mostly due to the availability of mass-produced clothes and slave labor, which replaced tailors and dressmakers in the past. Irony, isn't it? If you think realistically, we need around three outfits per week for work, right? For your professional work. three outfits maybe for a weekend in case if you are doing it let's say five days a week or maybe starting your within maybe friday not more than three maybe two workout outfits if you are that gym savvy or you know fitness free and one or two formal wear nothing else we don't need as much as we think i know many people will say oh but you need more clothes to express your creativity and individuality वेल इफ यू आर क्रिएटेड इनाफ इन द फर्स्ट प्लेस यू कुड एक्सप्रेस बाय द डिफरेंट वेज यू स्टाइल द सेम आइटम्स ऑफ क्लोदिंग इज इंटेड आपकी क्रिएटिविटी आपकी इंडिविजुअलिटी कैसे आती वैसे ही आ रही है जिस तरह से आप अपने बाकी के काम कर रहे हैं जो पहन रहे हैं कपड़ों से आएगी और अच्छे कपड़ों से ज़्यादा आएगी कौन सा लॉजिक है साहब कौन सा साइंस है ये तो मेरी समझ से बाहर है ना दिस इज कमिंग फ्रॉम सम वन हु यूज टू बाय कॉपियस अमाउंट ऑफ क्लोथ टू फिल सॉर्ट ऑफ कंज्यूमरस इज इट आर वी कंपीटिंग आर वी पार्टिसिपेटिंग इनस आर वी इन दैट रेस ऑफ बाइंग बाइंग द बेस्ट ऑन द लॉट इफ दैट इज द रेस दैन इट्स अ ट्रैप वन थिंग दैट वी कैन स्टॉप इज डिंग समथिंग एक्स्ट्रा विच वी डो नॉट नीड If that is the case, you can take a call. But having said that, I would also like to come back to a moral, stating जितनी ज़रूरत होती है आपकी उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एक वक्त पर और जितनी आप ज़रूरत से बाहर पैर रखेंगे तो शायद चादर फटने का डर है गौर कीजिएगा